मर्सी शहर सराय वार्ड के मोरिया नगर में उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रथम नगर आगमन पर भाव स्वागत किया गया अनीता रावत के नेतृत्व में आपको बताते चले दिनांक 27 सात 2021 को माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रथम नगर आगमन पर भाव स्वागत किया गया माननीय उप मुख्यमंत्री जी को माला पहनाकर व वह रावत जी ने गुलदस्ता किया भेंट बहुत ही जोरदार तरीके ऐसी किया स्वागत अस्थान आरडी डी मेमोरियल पब्लिक स्कूल बाईपास मौर्या नगर मछली शहर में पूर्व प्रत्याशी विधानसभा सभा मछली शहर अनिता रावत जी के नेतृत्व में जिसमें नगर के व्यापार मंडल अध्यक्ष श्रीस कुमार गुप्ता जी व्यापार मंडल के संरक्षक रामलखन लखनऊ जी एवं कोषाध्यक्ष जितेंद्र निगम भाजपा के नेता अध्यक्ष जायसवाल जी जिला अध्यक्ष जौनपुर टीम योगी स्पोर्ट संघ फिर रिज्वी रवि गुप्ता भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार जायसवाल जी महामंत्री संतोष जायसवाल जी जिला उपाध्यक्ष गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश जायसवाल राम प्रसाद साहू सतीश पांडे मारकंडे महाराज संजय दिनेश प्रकाश जी मीडिया कर्मी रहे उपस्थित बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत किया गया सब ने माला पहनाया सबका माला लेते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से मीडिया कर्मी से भी बात की और लोगों को भी देखा